जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और गिवे पार्टिसिपेट करो जो भी सब्सक्राइब करेगा उन्हें मिलेगा गिवे जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करो <laughs>